मैं उषा शर्मा वसंत पंच के उपलक्ष्य में मां सरस्वती का एक भजन सुना रही हूँ जो कि विद्या और बुद्धि की देवी है मां शारदे को हमारा शत सत नमस्कार हे शारदे दे हे शारदे दे अज्ञानता से हमें तार दो माँ अज्ञानता से हमें तार दो माँ हे शार दे माँ हे शार दे माँ अज्ञानता से हमें तार दो माँ अज्ञानता से हमें तार दो माँ दूसर की देवी ये संगीत तुझसे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 हमें प्यार दे माँ तेरी शरण में है हमें प्यार दे माँ हे शारदे दे माँ है शार माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे देमा मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी वेदो वेदों की भाषा पुरानों की बानी मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुरानों की बानी हम भी तो समझें हम भी तो जाने विद्या क हमको वरदान दो माँ विद्या क हमको वरदान दो माँ हे शारदे दे माँ हे शारदे दे माँ अज्ञानता से हमें तार दो माँ अज्ञानता से हमें तार दो माँ तुश्वेत वरणी कमल में विराजे हाथों में बीना मुकट सर पिसे तुश्वेत वरणी कमल में विराजे हाथों में बीना कट सर जे मन से हमारे मिटा दे अंधेरे हमको उजालो कसंसार दो माँ हमको उजालो कसंसार दो माँाँ हे शारदे दे माँ हे शारदे दे माँ